भाई अलैकम क्या हाल है ठीक हो गए आपको के लिए एक नई वीडियो ले गया हूँ उसका टॉपिक है टिकट में हम कैसे लाइक लेके हैं बहुत ही आसान तरीका है और बाकी जो आप वीडियो देखते हैं वो बिल्कुल फेक होती हैं कहते हैं गूगल से ये आई टी डाउनलोड करो ये करो वो करो जो दो टू जी बी वाले मोबाइल होते हैं फिर वो हैंग करते हैं उन पर टिकट सही नहीं बनती तो आप वो सारा छोड़ दें और यह आप लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको कोई मसला हुआ है तो टिकटॉक में हमें कमेंट करना हम आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो चलते हैं आप वीडियो की तरफ दोस्तों आपने टिकट खोल लेनी है मेरा सरअसल वीडियो आप अपनी वीडियो में जाए अभी ये देखें ये मैंने अभी वीडियो लगाई है इस पर तीन व्यू पे अभी एक मिनट हुआ है वीडियो व्यू कैसे हाँ। शेयर में जाना है इन सारों को देख रहे ना इन सब क्लिक करते जाना आपने इन सारों को मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी हुई है ये मोर फ्रेंड पे जाना है और सब नीचे चले गए जिनको मैंने मैंने नहीं किया हुआ उनको मैं करने लगूँ जैसे कि ये हो गए ये हो गए ये हो गए हो गया जिनको मैंने नहीं किया मैं अब उनको कर रहा कार बाियों को कर दिया हुआ है मैंने ये करना है ये फिफ्टीन ओनली वीडियो सेंड करनी है यहाँ से मैसेज लिखे भाई आप मेरी वीडियो लाइक करें मैं आप की करूँगा यानी कि को कोई इमोशनल डायलॉग लिख रहे हैं यूँ आपके जैन पे ज़्यादा अच्छा आ रहा है मेरे से तो यूँ सेंड कर देना अब जिसके पास जाइए कमेंट वो मैसेज भी चला जाएगा साथ से वो कमेंट भी करेगा देखें मैंने कमेंट का लिखा ठीक तो तो देखें मेरे व्यू भी इतने ज़्यादा ज़्यादा आते हैं ये काउंट की देख लें कितने डेढ़ सौ फॉलवेयर भी हो गए मेरे एक सौ पाँच लाइक भी हो गए ठीक है ये देखें अब मुझे मैसेज भी कोई आया होगा भाई मेरी वीडियो लाइक करें मैं आपकी वीडियो लाइक करूंगा ये देखें प्लीज़ लाइक करें वीडियो और ये देखें फिर ये मैसेज मैंने जो भेजा था वो ओला चला इनको। हो गया अब दूसरा मैं तो उसको भी जरूर देखना देखना कमेंट पे चले जाते हैं कमेंट पे जाए कुछ बंदों ने यहाँ पे मेरी किस्म आ रही है लाइक के बदले लाइक इस बंदे इस बंदे ने भी मेरा यू, यूट्यूब देखा है और उसी से इसको मैंने ट्री की बताई है और इसी ने मेरे यूट्यूब में कमेंट भी दिखाया है कमेंट भी किया था भाई क्या करें इसने मैंने इसको कमेंट अलग बताया था और अब मैं एक और जो आपको पहले बताया ये अला तरीका मैं अभी लेके आया हूँ तो अभी के लिए अभी आप यहाँ पर लाइक आप भी लिख दें लाइक के बदले लाइक फॉलो के बदले फॉलो तो इस तरह वो आपकी आईडी यूं खोलेगा अब जिस बंदे ने ये मुझे कहा है ना उसकी मैं आईडी में चला जाऊँगा फिर तो उस पर क्लिक कर सकता हूँ जाकर मैं कर सकता हूँ लाइक फॉलो तो गाइस देखें मैंने नई अकाउंट बनाया है तो उसका ये है एक सौ पाँच लाइक और मेरे दूसरे अकाउंट को देख लें आप आपके सामने अब उसको भी मैंने कितनी जल्दी बढ़ाई है लाइक ये मैंने बाद में बनाया अकाउंट और ये ला पहले बनाया जो मैं ओपन करने जा रहा हूँ जब चेंज नहीं हो सकता लेकिन आप अब सेवन फाइव की आईडी में जा देख सकते हैं कितने लाइक होंगे तो गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आई है आपको कौन सी ट्रिक पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताना